Hey नमस्कार आप लोगों का टॉप टॉपलाइन क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा दस की गणित की प्रश्नावली आठ की जैसा कि प्यारे बच्चों आप लोगों ने जो सातवां अध्याय है वो सौरभ सर से आपने पढ़ाई होगा और सौरभ सर ने काफी अच्छा पढ़ाया है आज हम आपको त्रिकोण का जो है लेक्चर स्टार्ट हे गाई नमस्कार आप लोगों का टाटन क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली आठ अध्याय आठ स्टार्ट करने से पहले कुछ प्यारे बच्चों के अंदर डर होता है एक प्रकार का डर बैठा होता है त्रिकोणमिति सबसे हार्ड सब्जेक्ट होता है प्यारे बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है त्रिकोण कुछ भी नहीं हार्ड है केवल आपके मन का वहम है उसको दूर कर लीजिए बस आज हम कुछ फार्मूलों की चर्चा करेंगे जो कक्षा दस में जो तीन अध्याय त्रिकोण दी गई है उनको एकदम सरल कर देगा अर्थात तो आज मैं आपको ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं जिसके सारे जिसकी सहायता से आप पूरे त्रिकोणमिति को जो है नष्ट कर डालोगे अर्थात तो पूरे त्रिकोणमिति को एकदम दिमाग में भर लोगे तो आज उन्हीं ब्रह्मास्त्र के बारे में चर्चा करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ क्योंकि जिन बच्चों को लगता है कि त्रिकोण मिट्टी वास्तव में हार्ड है आज हम देखते हैं कि इस ब्रह्मास्त्र को पाने के बाद त्रिकोणमिति मिति कितनी हार्ड होती है आपके साथ ही शुरुआत करेंगे कृष्णवली आठ की इसके नेक्स्ट वीडियो में पर आज हम चर्चा करेंगे केवल ओनली फॉर ब्रह्मास्त्र अर्थात क्या है वो चीज तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे छोटी छोटी चीजों से बेसिक की बात होगी आज सबसे पहले अगर हम समझ लें कि त्रिकोणमिति क्या होता है तो प्यारे बच्चों तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं और वो जो त्रिभुज होते हैं उनमें तीन कोड़ बनते हैं हम उन्हें तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे तमाम प्रकार की चीजें देखेंगे यहां पर तो सबसे पहला शुरुआत होता है कि हमने बचपन में आठ की क्लास में पायथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा यदि हम पायथागोरस प्रमेय की बात करें तो पायथागोरस प्रमे कहता है पाइथागोरस प्रमे कहता है क्या कहता है पाइथागोरस में भैया ध्यान से देखिएगा जरा सा पहला यही है आपके लिए पाइथागोर क्या कहता है बोलता है भाई बड़ी भुजा का वर्ग यानी कोई बड़ा सा देश हो बड़ा सा देश हो और वो बड़ा देश इतना ज्यादा शक्तिशाली हो कि वो दो देश उसका कुछ भी नहीं कर सकते जैसे कि आपके सामने कोई ऐसा बड़ा सा बलशाली कोई व्यक्ति हो जाए और उसके सामने दो लोग हो जाए तो वो दो लोग कुछ नहीं कर सकते अर्थात तो वो दो लोग उनके बराबर हो जाएंगे तो भैया बड़ी भुजा का वर्ग बराबर बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग यही है पाइथागोरस प्रमेय। अब आप इनको थोड़ा सा कम समझ पा रहे होंगे आइए हम इनको समझते हैं एक त्रिभुज के माध्यम से अगर हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज के लिए लगाया जाता है और समकोण त्रिभुज क्या होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो वो समकोर त्रिभुज होता है तो ए बी सी में जो बी है वो आपका क्या है समकोड़ है समकोण त्रिभुज की खास बात यह होती है कि समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है और सबसे बड़ी भुजा का नाम जो होता है वो कण होता है क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो रही होगी यानी ये जो तीर है वो कण को व्यक्त कर रहा है क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो रही होगी समकोर के सामने वाली जो भूजा होती है वो कण होती है और जो कि तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी होती है इतनी बात हो गई। अब उसके बात, उसके बाद, बाद जो खड़ी भुजा होती है या ध्यान से देखिएगा, जो खड़ी भुजा होती है, उसे हम लंब कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों लंब कहते हैं तो ये वाली जो भुजा होगी यहां पर वो क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी और जो बची भूजा होती है वो आधार हो जाती है क्या हो जाती है आधार अब इंग्लिश में कहते हैं बेस क्या कहते हैं बेस और कण की इंग्लिश होती है हाइपोटेनस हाइपोटेनस क्या होता है ठीक उसके बाद लंब की इंग्लिश होती है परपेंडिकुलर क्या होता है परपेंडिकुलर क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो रही होंगी ठीक अब अगर हम इस त्रिभुज के माध्यम से पाइथागोर में लिखना चाहे तो बड़ी भुजा का वर्ग तो बड़ी भुजा तो हाइपोटेनस है ना यानी कर्ण तो हो जाएगा कर्ण का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग शेष कौन बचा? लंबो आधार तो ये हो जाएगा लंब का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा आधार का वर्ग लंब का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा आधार का यही है भैया पायता यही है प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर सकते हैं हैं और इसके सारे काफी सवाल लगाएंगे हम हम प्रश्नावली में में अब बढ़ते त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति में छ अनुपात होते हैं उन छो अनुपात के फार्मूले देख लेते हैं तो आइए अब हम यहां पर चर्चा करेंगे त्रिकोण के अनुपात के बारे में त्रिकोण के अनुपात तो अगर कोई पूछा कि त्रिकोण के कितने अनुपात होते हैं तो बता दीजिएगा छठ होते हैं कितने होते हैं छठ अब उनका खास बात क्या होती है आइए पहले बच्चों आपने अगर कहीं पर किसी टीचर के माध्यम से पढ़ा होगा तो आपको एक ट्रिक बताया जाता है लाल बटे कक्का लाल बटे कक्का ये लाल बटे कक्का और अगर इसी का उल्टा कर दे कक्का बटे लाल लाल और कक्का कक्का और लाल तो आपके जो अनुपात होते हैं वो मिल जाते हैं अब यहां हम आपको बता दें जो L है वो लंब को बता रहे हैं और जो A है वो आधार को बता रहे हैं और जो K है वो कड़ को बता रहे हैं L फार यानी यहां लंब आपको समझना होगा और ए फार आपको आधार समझना होगा और केफार जो है कड़ समझना होगा बाकी आप हर एक अनुपात का फार्मूला लिख लेंगे आराम से ध्यान से लिखिएगा तो त्रिकोणमिति में सबसे पहला अनुपात आता है साइन थीटा। साइन थीटा किसको बताता है जब हम लंब और कड़ का अनुपात लेते हैं यानी लंब और कड़ का अनुपात कौन बताता है साइन थीटा? तो लाल बटे कक्का से देखिए तो ये पहला जो पोर्सन है ये किसको बता रहा है साइन थीटा को अर्थात एल बटे जो के होता है वो साइन थीटा को व्यक्त करता है यहां हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर क्या परपेंडिकुलर ध्यान से देखिएगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस <coughs> हाइपोटेनियस अब परपेंडिकुलर को संकेतिक रूप में P लिख लिख दिए दिए, और और हाइपोटेनस ठीक? अब आपके इस वाले सूत्र से लिख दें, तो तो ये हो हो हो जाएगा L बटे बटे K और इसकी हिंदी की बात कर तो लंब बटे क्या हो गया कर हो गया, अर्थात आप किसी भी भाषा में आप यहां याद कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर बटे पी बटी एच या लाल बटी लंबी कड़ या लंब बटे कड़ यही है साइन थीटा का फॉर्मूला अब हम बात करेंगे दूसरे अनुपात की दूसरा अनुपात है थीटा। दूसरा अनुपात है थीटा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो दूसरा अनुपात ये है आधार बटे कण ए फर आधार के फार कण तो आधार बटे जो कण है वो किसको बताते हैं कॉस्ट थीटा को किसको बताते हैं कौष्ट मतलब आधार और कण का जो अनुपात होता है वो थीटा होता है तो थीटा बराबर होता है आधार यानी बेस बटे हाइपोटेनस और इसे हम बेस को बी लिखते हैं और हाइपोटेनस को एच लिखते हैं और बेस को अब यहां हम लिख रहे हैं बेस बी बी का मतलब आधार और एच एच का मतलब कण तो ये आधार बटे कण हो गया और आधार को हम हिंदी में लिखते हैं तो आधार बटे क्या हो गया क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो रही होंगी आप वहां से आराम से उसको बता सकते हैं हो गया अब जो लास्ट होता है वो लंब बटे आधार लंब बटे आधार किस अनुपात को बताते हैं टेन थीटा को अर्थात लंब और आधार का अनुपात टेन थीटा कहलाता है क्या इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी तो आइए हम उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर ये आपका पहला अनुपात था ये आपका दूसरा अनुपात है तीसरा अनुपात क्या है थीटा बराबर है लंग, लंग है लंब, लंब तो परपेंडिकुलर क्या पेंडिकुलर अपान क्या हो जाएगा आधार तो आधार कौन है बेस है अगर हम बात करें परपेंडिकुलर को संकेतिक में P लिखते हैं और बेस को B लिखते हैं ठीक अब बताइए इसकी हिंदी है लंब बटे आधार लंब बटे आधार और लाल बटे कक्का से लिखना है तो एलबे क्या लिख देंगे ए लिख देंगे प्यार बच्चों इस प्रकार त्रिकोण के तीन अनुपात पा लिए अब जो अगले तीन अनुपात होते हैं ना वो जस्ट साइन का उल्टा कॉस का उल्टा और टेन के उल्टा तीन होते हैं अब साइन का उल्टा कौशिक होता है और कौश का उल्टा सेक होता है और सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है तो आइए हम बात करेंगे किसकी अब कौशिक की किसकी बात कर लेते हैं कौशिक की या तो कॉटी का बात कर ले पहले तो कॉट थीटा कॉट थीटा तो यहां से शुरुआत कर रहे हैं यहां से देखिए यहां बंद किए फिर यहां से आगे अब देखिए ये जो अनुपात है ये अनुपात कॉट ठीटा को व्यक्त करता है आधार बटे लंब आधार बटे लंब इसकी हिंदी लिख दिया जाए तो आधार बटे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा ये कॉट थीटा को बताता है आधार की इंग्लिश हम लिख सकते हैं बी और पी लिख सकते हैं ठीक उसके बाद अगला अगला जो अनुपात है अगला अनुपात ये है कर्ण बटे आधार तो कर्ण और आधार का अनुपात सेक थीटा होता है कर्ण और आधार का अनुपात कर्ण और आधार का अनुपात है कर्ण को हम लोग ये हिंदी रूप लिख रहे हैं कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा इसकी सांकेतिक रूप H बटे क्या हो जाएगा B हो जाएगा ठीक अब हम बात करते हैं अगला जो अनुपात है उसे हम कौशिक कहते हैं क्या कहते हैं कौशिक कहते हैं क्या कहते हैं प्यार बच्चों कौशिक तो अगली जो अनुपात आ जाएगी कौशिक ठीठा क्या हो जाएगा कौशिक ठीठा कर्ण बटे लंब k बटे एल के बटे एल जो होगा यानी ये कर्ण बटे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा इसे हम हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर लिख सकते हैं ये कौशिक ठीठा होता है तो प्यारे बच्चों ये त्रिकोण के छो अनुपात हो गए जो कि कहा से क्या फार्मूला आ रहा वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है दूसरी फार्मूले की, की जो इनमें रिलेशन क्या होता है जैसे मैंने कहा कि साइन कुछ ऐसे फार्मूले है जिनको आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों ऐसी बात नहीं, नहीं जानते जानते हैं अब आइए हम उनकी चर्चा करते हैं तो इनको आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं स्क्रीन शॉट लीजिएगा फिर हम आगे की फॉर्मुले को कंटिन्यू करते हैं त्रिकोणमिति अब हम बातें करेंगे किसकी ब्रह्म कौन सी ब्रह्मास्त्र तीसरे नंबर ब्रह्मास्त्रोण त्रिकोणमिति के अनुपातों का गुणनफल अनुपातों का गुणनफल त्रिकोणमिति के अनुपातों का गुणनफल ठीक अब हम बात करते हैं जैसे टेकोड़ मिटी ले लेते हैं साइन और कौशिक का साइन का उल्टा कौशिक था तो साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर एक होता है साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर क्या होता है एक होता है इस बात को आप ध्यान दीजिएगा इस बात को ध्यान दीजिएगा फिर अगला होता है पैन थीटा इंटू कॉट बराबर एक होता है फिर उसके बाद होता है सेक थीटा थीटा बराबर एक। अब आप कहेंगे सर जी ये कैसे आ रहा है तो आइए हम इसका प्रसार कर देते हैं <coughs> उसको जानने से पहले ये कैसे आ रहा है एक चीज और आपको जानना होगा वो अगली पॉइंट क्या है अभी हम उसको बता रहे कहां सारा ये चीज जान लीजिए तब त्रिकोण के त्रिकोण मिति के, के अनुपातों का व्यतक्रम अनुपातों का व्यतक्रम मतलब उल्टा इनमें उल्ट्रम क्या संबंध है वो समझिए जैसे साइन को हम लिख सकते हैं वन अपान कौशिक ठीठा यानी साइन का उल्टा कौशिक होता है कौशिक का उल्टा साइन होता है इसको दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं या कौशिक थीटा बराबर होता है वन अपान साइन थीटा कोशिक का उल्टा साइन साइन का उल्टा कोशिक साइन का उल्टा कोशिक कोशिक का उल्टा साइन अर्थात साइन के स्थान पर हम ये उपयोग कर सकते हैं इसके स्थान पे यह लिख सकते हैं ऐसे ही टैन का होता है टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट वन अपान कॉट थीटा फिर अगर कॉट ठीटा का उल्टा लिखना हुआ तो कॉट ठीटा का हो जाएगा वन अपान टैन ठीटा फिर उसके बाद एक और बचा है सिक थीटा तो थीटा का उल्टा होता थीटा फिर थीटा का उल्टा होता है थीटा ये रहे इनके व्युतक्रम वाले संबंध यानी ये इनका उल्टा ये इनका उल्टा होते हैं तो अब आइए हम आराम से यहां देखते हैं साइन ठीटा इंटू कौशिक क्या साइन को हम वन अपान लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं तो यहाँ साइन के स्थान पर कोसिक कोसिक कोसिक कोसिक रख रख रहे हैं। कितना रख रहे हैं हैं कितना थीटा थीटा ठीक इनटू इनटू है है थीटा ये कैंसिल कर दोगे तो क्या बचा आपका एक ही बचा ना इन दोनों का गुणनफल क्या होता है एक होता है साइन थीटा इंटू कौशिक ठीठा बराबर कितना होता है एक होता है इसीलिए ये चीज लिखा गया समझा ऐसे ही इनका होता है ऐसे इनका होता है अनुपातों का, का ये है अनुपातों का, का अब हम चर्चा करेंगे दूसरी ब्रह्मास्त्र। अगले से तो गाइस देखिए त्रिकोण के पूरक कोणों का जो अनुपात होता है वो होता है साइन नब्बे माइनस ए बराबर कौश अर्थात साइन नब्बे माइनस ठीटा बराबर भी हो सकता है अब थीटा थीटा बराबर हो जाएगा अर्थात अगर में से कोई भी एंगल आप घटा रहे हैं तो वो में से अगर कुछ भी घटाएंगे में पहुंच जाएंगे और कॉस नब्बे में से कुछ भी घटाएंगे तो साइन में पहुंच जाएंगे वही वो टेन के साथ होता है टेन नब्बे में से कुछ घटाएंगे कॉड में पहुंच जाएंगे कॉड में से कुछ घटाएंगे तो टेन में पहुंच जाएंगे चतुर्थांश रिलेटेड रहता है फिर उसके बाद से नब्बे में से कुछ घटाया तो कौशिक में पहुंच गया कौशक नब्बे में से कुछ घटाया तो में पहुंच गए ये फार्मूले हो गए अब हम बात करते हैं त्रिकोण के सर्वसमिकाओं का अनुपात त्रिकोण के सर्वसमिकाएं अनुपात नहीं त्रिकोण का सर्वसमिका तो त्रिकोण के सर्वसमिका अब जो ये हम लोग फार्मूले की बात करने वाले हैं पहले बच्चों वो आपके हाई स्कूल के इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है त्रिकोण की स्वर समीका हटा दी गई हैं परंतु आपको वही तो वही अध्याय ही समझ लीजिए कि पूरे प्रश्नवाली आर्ट का जान है जैसे कह सकते आप उसी में तो कुछ है लगाने लायक का वही आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तब भी हम लोग उसको पढ़ेंगे उसको सीखेंगे एग्जाम में नहीं आएगा तो क्या हुआ सीखेंगे पढ़ेंगे हम लोग तो त्रिकोण के जो स्वर हैं तो गाय अगर हम बात करें त्रिकोण की स्वर की तो तीन सर्वसमिकाएं है होती हैं एक होता है साइन स्क्टीटा प्लस एक और दूसरा जो होता है थीटा थीटा एक या तो हम इसे दूसरे रूप में भी पढ़ सकते हैं कि माइनस टेन स्क्वायर थीटा को बराबर उधर ले जा रहे हैं तो प्लस हो जा रहा है तो सेक्वायर ठीक है दूसरा होता है तीसरा है थीटा थीटा थीटा थीटा इसको दूसरे वर्ड में भी कह सकते हैं ये इधर आ जाए तो इन्हीं तीनों पे जो आपका लास्ट वाला का है, तीन की चार वो उसी पर आधारित है अब आपकी इस त्रिकोणमिति में कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होने वाली है पूरे प्रश्नोली आठ को आराम से आप लगाइए कहीं भी दिक्कत नहीं होगी अब केवल एक चीज भूल छूट हो रहा है। यहां छोड़ रहे हैं प्यारे बच्चों साइंत साठ का नब्बे ये सब जो त्रिकोणमिति के अनुपात को जो वैल्यू है वो हम इस आज की क्लास में नहीं बता रहे उसका कारण है प्यारे बच्चों क्योंकि वो त्रिकोण के जो वैल्यू है वो आपके प्यारे सचिन सर के द्वारा क्लास में बताया जा चुका है आप अगर वो वैल्यू वहां से जाके देख ले तो सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया है इसलिए मैंने वहां उसकी यहां पर चर्चा नहीं किया है तो आप लोग उसको जाके जरूर देखिएगा और इस वीडियो में या इस क्लास में बताए गए जितने सवाल है सवाल सॉरी जितने सूत्र है सभी सूत्रों का अध्ययन आप जरूर कीजिएगा और उसके बाद हमारे साथ हम आपके साथ प्रश्नावली आठ दशमलव एक की शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे आठ को अंत भी कर डालेंगे कहीं भी किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं उत्पन्न होने देंगे तब तक के लिए आप वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली आठ दशमलव एक के साथ तब तक, तक के लिए जय हिंद जय जै भारत थैंक यू ऑल डे स्टूडेंट